तुझे पता है मेरा फोन चोरी हो गया। तो तू पे क्या, रहा है? का भाई को, क्या करना है सिंपली अपने फोन के अंदर वो एप डाउनलोड करनी है तो अपने फोन के अंदर हो रही है के कोई फोन है जिस का जिसको उनका घुम ये सिंपली आपको बताता है कुछ ऑप्शन तो सिंपली आपको क्या करना है? गेट स्टार्ट भी क्लिक कर देना है और जितनी भी परमिशन है उन सबको क्या करना है आपको सिंपली अलाउ कर देना है तो मैं यहाँ पे सारी परमिशनों को वो अलाउ कर देता हूँ नंबर है वो डाल देता हूँ तो यहाँ पे आपको एक नंबर डाल देना यहाँ पे आप कोई भी नाम है वो डाल सकते हो तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक नाम डाल दिया जो भी आप नाम डालना चाहो वो नाम डाल दिया मैंने ठीक है और यहाँ पे आपको वो नंबर डाल दे जिस नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो भेजनी है और सिंपली आपको क्या कहना है सबमिट करना है फेक सट का ऑप्शन तो उस पर आपको ये देखिए फेक सट डाउन इसको आपको अलाउ कर देना है ठीक है और ऑटो स्टार्ट है वो क्लिक कर देना है तो ये सारा सब कुछ है वो अलाउ हो जाने के बाद में आप सिंपली क्या करोगे जिस आपका फोन है वो गुम हो गया तो चोर है वो क्या करेगा सिंपली अपना फोन है वो क्या क्या क्या क्या करेगा सट डाउन करेगा यानी अपना फोन है वो स्विच ऑफ करेगा जिसको भी मिलेगा तो यहाँ पर सट डाउन पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये सिम्पली फोन है वो सट डाउन हो गया पर रियल में ये फोन है वो सट डाउन नहीं हुआ है ठीक है आप जो नंबर डाले हैं उन नंबरों पर ओ और मैसेज आएगा और जो चोर जिसने चोरी की है उसकी फोटो भी है वो चली जाएगी तो ये देखिए जो नंबर आपका दिया होता है उस नंबर पे सारी यहाँ पे लोकेशन आ जाती है और एमरजेंसी मोड में भी आ जाता है यहाँ पे उस बंदे की पिक्चर आ जाती है जिसने आपका फोन है वो ले रखा है तो सिंपली आपको इस स्टोरेज पे आप जाओगे तो ये देखिए ये जो फोन जहाँ पे पड़ा था उसकी फोटो है, वो क्लिक हो गई इस तरीके से आपके पास और भी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी तो यहाँ से आप लोकेशन है वो ट्रेस कर सकते हो तो ये ऑडियो भी नीचे वो मैसेज में आ जाता है इस ऑडियो के अंदर रिकॉर्डिंग रहती है जहाँ पर वो बंदे बोलते हैं जिसके पास मतलब फोन है आस में जो भी बोलेगा उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी इस तरीके से आप अपने फोन को चोरी होने से बचा सकते हो और हाँ एक चीज और बचा सकते हो वो नीचे एक बटन का सब्सक्राइब और ऐसा करने के बाद में आप एक बिल्कुल फ्री हो जाओ इस तरह